duniya kyun tarpa na kyu tere galiya mein piyar ho gaya ho gaya piyar ho gaya mujhe pata tha I'm not the one. In the. दुनिया तेरी